दर्शकों नमस्कार दर्शकों एक आवश्यक सूचना यह देनी है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 विद्या से रिलेटेड धन से रिलेटेड मान सम्मान से रिलेटेड इन सभी वस्तुओं की प्राप्ति होगी आपका शरीर कुल मिलाकर के स्वस्थ रहेगा और भी अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ और सूर्य देव को जल में लाल रोली डाल करके कुमकुम भी बोलते हैं अर्घ्य देना रहेगा तो दर्शकों ये तो था